भी से से साधना में कि वो मेरे जो बंधन थे वो कट गए धीरे धीरे की ओर एक आता धीरेचर होता है दिन को सोना रात को जागना हैं वही 12 बजे के बाद स्टार्ट है आज भी उनको मैं बुलाता नहीं हूँ कभी भी जो भी चीज खाना है पीना है तो किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती वो शक्तियाँ ऑटोमेटिक वो पूर्ण कर देती नश्वर लगेगा खुद ही लगेगा सबके प्रति आपको वैराग्य आ गया तब वो पूर्ण साधु बनता है शुरुआत में तो रहेगा मोहमा सब रहता है सभी आत्माएं नहीं होते देखो आत्मा में कई योनिया होती है सिर्फ भूति नहीं होते वैताल भी होती है तो इन शक्तियों को आप शमशान सिद्ध कर लोगे इसका मतलब ये सभी आपके आधिपत्य में रहेगी तब ये आपके लिए कुछ भी कार्य करती है तो आपका वो जीवन चलाने चलाती है वो उसमें मैंने कई बार उसको बोला है आज भी उनको मैं बुलाता नहीं हूं कभी भी अगर जब मैं ज्यादा पी लेता हूं खा लेता हूं या कहीं ऐसी परिस्थिति में तो ऑटोमेटिक वो सुरक्षा के लिए आ जाती है बातें करता हूं नहीं। मेरा नहीं। मैं रात भर जाता रहता हूं अगोरी नि होते हैं दिन को सोना रात को जागना वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होती वो है स्टार्ट होती वो 8 साल वाली साधना आपने बताई नहीं वो तो इम्पोर्टेंट है एक 8 साल की साधना थी उसमें गुरुजी ने मुझे गुफा में बंद कर दिया था वहां बंद कर दिया था 8 साल के लिए मतलब खड़े होके पेड़ पे तपस्या तो करनी थी साल भाए, भाए, भाए, भाए। भाए, अच्छा, साल तक बिना बिना खाए पानी के पहले निकल सिद्धियां हासिल की तो सिद्धियाँ कई प्रकार की नाम बता सकता मैं जो भी चीज खाना है पीना है तो किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे वो शक्तियाँ ऑटोमेटिक वो पूर्ण कर देती वो मुझे बताया था आठ साल के लिए यहाँ एकाग्र होकर तपस्या करता रहना है और सिर्फ गुरु मंत्र करना है क्या करना है गुरु मंत्र करना रहती है ना गुरुजी के साथ में गुरु का मतलब ये होता है आप कोई भी अच्छी साधना या बुरी साधना कर रहे हो पर वो गुरु जी के थ्रू होकर फिर आएगी तो वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है बुरी है तो उसका वहीं पे गुरु जी काट कर देंगे क्योंकि नया साधना तो उसको काट कर नहीं सकता पता ही नहीं, पता नहीं होगा तो उसके बाद में आठ साल मुझे बंद कर दिया जाए गुफा में तो फिर दूसरे दिन मैं जाना तो मैंने गुरु जी पूछा था अब कल तो आप मुझे छोड़ के गए हो आज क्यों वापस लेने आ गए मुझे तो आठ साल रहना है इतना तो एकाग्र था।, था एक, आ, था मुझे लगा एक, ये, एक या डेढ़ दिन ही हुआ है। ओके। मेरे हाथ पैर सब अकड़ गए थे तब जब लगा था तब दाढ़ी छोटी छोटी थी गाड़ी मोत सब हो गया तो बड़ा बड़ा आठ साल हो गए वो मुझे पता नहीं था तो मैंने गुरु जी से यही पूछा अभी तो कल छोड़ के आज लेने भी आ गए उन्होंने गुरु ने क्या बोला अपने चेहरे पे घुमाओ तो हाथ तो घूम नहीं रहे थे खड़े ऐसे हो गए थे मतलब इससे पहले मैंने आठ साल दूसरी साधना एक करके अपने आप को तैयार किया था शुरुआत होती है वहां से शमशान साधना से अगौर में वो आप पे डिपेंड है ना आप कितनी एकाग्रता से कर रहे हो कितना मन कंट्रोल करके कर रहे हो फिर भी देखो कई लोगों को तो कम बारह साल तक कुछ नहीं पाते बारह साल का एक पीरियड होता है कुछ नहीं उनका ध्यान ही केंद्रित नहीं है नहीं। वो सिर्फ ड्रामा कर रहे दिखावा कर रही है दूसरों को दिखा रहे कपड़े पहन रखे माला कर रहा तो उनको कुछ मिलेगा कहां से पर आप जितनी एकाग्रता तो से करोगे जितने तन मन से करोगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगा मुझे तीन साल में सभी कुछ परिपूर्ण था मैं वो तो गुरु जी को बताया बोले रास्ते पर चलता रहा जो जो गुरु सिखाते गए वो सीखते गए और कुछ ऐसी चालना है जो गुरुजी सिखाते नहीं थे तो एक सत्संग होता है ना एक वर्ष होता है सत्संग सत्संग मतलब भजन करना नहीं होता है नहीं। अच्छे के संग में रहो तो ये गुरु गुरु, गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता हो रहता है वो उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती शक्ति पात होता है उसमें वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है आप में पर वो गुरु जी की इच्छा पर निर्भर है आप कितने समर्पित हो उस पर निर्भर होता है मुझे मेरे ध्यान में गुरु थे हाँ तो गुरु मंत्र करा था गुरुजी ध्यान में थे वहां मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं आया कि भगवान आया ये आया तो कनेक्टिविटी तो गुरु से बन चुकी थी ना मेरी मेरे मन में ये कोई चाहती नहीं थी ना आप बहुरी बनते हो तो आपकी कोई चाहती नहीं होती कि भगवान को पाना है देवी देवता को पाना है शक्ति को पाना ये है चाहती खत्म हो जाएगा तो आपकी चाहती सिर्फ गुरु चरणों में रहेगी ये सब ड्रामा करते हैं, सब ड्रामा करते हैं। मैंने पहले क्या बताया कोई मौ, मौसम खाने की जरूरत नहीं शराब पीने की जरूरत नहीं।, नहीं पर हाँ जिस देवी देवता को आप पूजते हो जिस देवी देवता जैसे महाकाली को भैरव को पूजते हो तो उनका भोग तो वही लगेगा तो भगवान का नारियल चढ़ाते हो तो प्रसाद तो सब ग्रहण करते हो आप तो ऐसे प्रसाद समझ के खाया जाता है प्रसाद समझ के दारू पिया जाता है उसको प्रसाद का अनादर नहीं कर सकते आप वो बना बना रखा ना, ये? बना रखा है ये बिजनेस नहीं ऐसी कई बार कनेक्ट ही कई देवी देवता पर्सनली बातचीत होती है मेरी पहला वो कोई था कि जिसके लिए मैं साधना सा, लाइन में आया था वो मेरे आमने सामने प्रत्यक्ष थी बढ़ता गया, फिर मैं मैं और गुरु। पहले मैं गुरु को बोलता था, भटक है, है। जहा मिले इतना ये लगेगा इतना ये लगे तीन लाख रुपए खो गए थे बाद में जब गुरु जी कोई सक्सेस नहीं जो बताते थे वो करता था पर जब बाद में गुरु जी घर आया घर हमारे आते थे तो जब मैं वहां से आया तो बोले कि ये अब बच्चा थोड़ा ठीक हो गया तू तो मिलने आए थे फिर मैंने ऐसे ही पहले था तो गुरु जी क्या छोला धारण कर रखा है छोड़ो छाड़ो सब आराम से आप भी एक जगह रहो दूसरे साधु कमा रहे आप भी कमाओ तो बोले साधु कमाते हैं पर कैसे कमाते तुझे पता नहीं अगो का सीधा सा नियम है जब तक आप नहीं कहोगे तब तक गुरु भी आपको खाने को नहीं पूछेगा साधनाएं कभी साधक के जीवन में खत्म नहीं होती रहेगा तब तक साधनाएं कंटिन्यू चलती इसमें साधना का नियम होता है ना जो भी होते ना हमारे साधनाएं सिद्धियां वो हमारे मुंड होता है मतलब खोपड़ी होती है ना खोपड़ी में संग्रह किया जाता है तो जो उसके लायक होगा उसको मिलेंगे ट्रांसफर होगा तो उसके लायक शिष्य होता है ना ऐसा नहीं जैसे एक मेमोरी कार्ड अब मोबाइल का समझ लो आप मेमोरी कार्ड होता है ना उसमें सब डाउनलोड करके रखते हो अब जिसके मोबाइल में वो फिट हो गया वहां दिखाई देगा हाँ उसके जो लायक होगा तो... नहीं देखो पहली बात तो अगोरी मरता नहीं वो सीधा शिवलोक में चला जाता है उसकी आत्मा ना सीधी शिवलोक में रहती और अपने जो शीशियो के द्वारा वो सब कुछ देख सकता है